हाय फ्रेंड आप देख रहे हैं आतिफ फर्निश चैनल और मैं आज आपको दिखा रहा हूं मोटराइज कटन मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में प्लीज़ शेयर भी कर दें और ये है शेयर कटन अब आगे करो ये भी मोटराइज है प्लीज़ मेरे इस हाँ। चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें थैंक यू आप लोगों का